देश मेरे तेरी शान पसद के कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पर जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा अल जी दीवाने की जाोर सुवानी देखी एक रोज वही मेरी साम हो कभी याद करे जजमाना माटी पे मर मिट जाना तो जिक्र में शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी के कोई धन है क्या तेरी धूल से बड़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू भाग है मेरा मैं तेरा परि